हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे चैनल वायरल दीप पे 100 सब्सक्राइबर के ऊपर हो चुके हैं तो पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपके बदौलत ही इस चैनल पर सौ सब्सक्राइबर हो चुके हैं अगर आप वीडियो आप नए हैं हमारे चैनल पर तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर से बनाइए दबाइए ताकि मैं आ, आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियो एडिटिंग का भी आ, वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि न, न, नए क्रिएटर्स मेरी वीडियो देख के काफ़ी कुछ सीख सकें मैं YouTube के बारे में काफ़ी जानकारी दूँगा जितना मेरे को पता है यूट्यूब के बारे में मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अब मैं बताता हूँ आप अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी एक से दो दिन के अंदर तो मैं आपको बताता हूँ मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपने वीडियो पे जो एक वायरल हो गया था लेकिन वो मैंने इंस्टाग्राम से उठा के शॉर्ट्स डाल दिया था वो शॉर्ट मेरा ही था मेरे इंस्टाग्राम से उठा के डाला था लेकिन फिर वो थोड़ा मतलब बेकार था शॉट जो मेरे कैटेगरी से मेल नहीं करता था मैंने बाइकिंग का शॉट उठा के डाल दिया था तो फिर मेरे को वो शॉट डिलीट करना पड़ गया और बस यही है जो आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से उसमें आप शॉर्ट्स डाल सकते हैं अगर आपका रोस्टिंग चैनल है रोस्टिंग कुछ शॉर्ट्स बना के उस पर डाल सकते हैं और आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा जैसे कि आप एक दिन में वीडियो डालते हैं तो डेली वीडियो डाल अगर आप वीकली वीडियो डालते हैं तो आप वीकली वीडियो डाल सकते हैं बस यही था धन्यवाद थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए अन्यथा डिसलाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने थाट्स शेयर करिए धन्यवाद